प्रिय दर्शकों नमस्कार वार मालक्ष्मी को प्रणाम करते हुए मैं हमारा प्रस्तुत राशि फल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवाया के नाम राशि प्रधान जन्म राशि ने चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्राया जन्म राशि प्रधानतम तो नाम राशि न चिंता है तो हमारा शास्त्र है कि जन्म राशि की ही प्रधानता दी जानी चाहिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए जो भी हमारे दर्शक जुड़ गए हैं प्लीज आप करीए, कमेंट करीए और कॉल है। करके अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बता करके अपनी जन्मकुंडली पर कोई एक प्रश्न पूछ सकते हैं पंचांग पर आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे की दिनांक बीस इक्कीस अप्रैल इंदौर में हम आ रहे हैं तो जो भी दर्शक हमसे मिलकर अपनी जन्मकुंडली का अवलोकन करवाना चाहते हैं आप लोगों का स्वागत है आ सकते हैं पंचायत पत्री डाल लेते हैं विक्रम संबद्ध दो हजार पचहत्तर संबद्ध और इस समय जो संवत्सर चल रहा है ये विरोध कृत नामक संवत्सर चल रहा है उत्तरायण है और चैत मास चल रहा है कृष्ण पक्ष है और जो तो तिथि है आप दर्शकों देखिए आज रहेगी दशमी तिथि हालांकि नौमी तिथि रहेगी नौमी तिथि है नौमी के बाद ही दशमी लगेगी और नक्षत्र जो रहेगा पूर्वाशाढ़ा इसके उपरांत उत्तरा साढ़ा नक्षत्र रहेगा योग रहेगा परि इसके उपरांत शिव योग रहेगा करण जो रहेगा ये रहेगा तैक्ति इसके उपरांत कर रहेगा चंद्रमा का जो गोचर रहेगा ये शाम को सात बजकर तेईस मिनट तक जो तो धनुराशि में रहेंगे मकर राशि में ये आ जाएंगे। और धनु राशि में देखिए चल तो तो शनि का जो योग जो रहेगा यह कहला रहा है प्लस केतु भी है और अभी देवगुरु बृहस्पति भी देखिये उन्तीस तारीख मतलब आज से ही आ रहे हैं तो बहुत कुछ स्थितिया जो है उलट पलट होगी सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय होगा छह बजकर ग्यारह मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर सत्रह मिनट पर यह जो सूर्योदय सूर्यास्त राहु काल का समय है दर्शकों ये लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके निकाला गया है राहु काल की बात करें तो का जो राहुकाल सुबह साढ़े दस से बारह करना होगा तो नवमी कर, कर तिथि के बारे में हमने आपको कल राशि फल में बताया था कि नवमी तिथि को काशी फल अर्थात कद्दुल या कोहरा जिसको बोला जाता है हमारे पूर्वांचल में भी इसका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए और जो दसवीं तिथि है देखिये परवर आप जानते होंगे इसमें बीए रहते हैं तो परवर का सेवन और परवर का दान देना भी दसवीं तिथि को वर्गित बताया जाता है क्योंकि जो है नवमी तिथि है और उसके बाद लगेगी तो नवमी तिथि है इसकी अभिस्थापित स्वयं जब जगदम्बा है दुर्गा जी है और रिक्ता नाम से यह तिथि जो है विख्यात है चलिए दर्शकों दिशा की बात करें शुक्रवार का तो पश्चिम दिशा जो है डायरेक्शन में यात्रा नहीं करनी चाहिए अब यदि आवश्यक हो करना तो आप लोग क्या करिएगा कि दही खा लीजिएगा मिश्री डालकर और तब यात्रा करिएगा और डायरेक्ट पश्चिम दिशा में मत चलिएगा आप पांच कदम पहले पूरब की ओर जाइए फिर रिवर्स होकर के तब पश्चिम दिशा की ओर जो है आप लोग यात्रा करिए दर्शकों राशिफल पर चलिए आगे बढ़ते हैं कैसा रहेगा मेष से लेकर के के राशि तक लिए आज का पूरा दिन क्या कहते हैं सितारे और आप लोग हैं है। लो है तो आज, है। आज आप अस्वस्थता एवं व्यक्तता का अनुभव करेंगे शरीर में थकान और आलस्य एवं मन में अशांति की अनुभूति होगी आज आप थोड़े से क्रोधित रहेंगे जिससे आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं आज आपके अंदर रहेगा व्यवहार में कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा लचीला रवैया और न्याय की उम्मीद रखिएगा कि आप दूसरों को न्याय दें। अगर आप जज है जुडिशरी सिस्टम में हैं, लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं, तो प्रयास करिएगा कि न्याय सही हो निर्धारित कार्य करने के लिए आज आप प्रयास करेंगे धन संबंधी कुछ लाभ होता हुआ दिख रहा है उपाय के तौर पर करना क्या देखिए पूनम जी जोड़ गई है पाठ करना होगा शुभ कलर की हम आपके बात करें तो रेड रंग लाल रंग आज आपके लिए शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक आपका शुभ अंक रहेगा वही वृषभ राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा आज का दिन जाको के के लिए तो कोई भी नए प्रकार का प्रारंभ को कोशिश करके आज दोपहर बाद से करिएगा आज आपका स्वास्थ्य कुछ डाउन रहेगा मानसिक रूप से टेंशन बहुत ज्यादा रहेगी अमिंद्रा का आज आप शिकार रहेंगे खान पान पर विशेष सावधानी आज के को बरतनी है थकान और मानसिक व्याकुलता का अनुभव करेंगे आज आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलती हुई दिमाग साथ में, में चलेगी कुछ जरूरी काम आलस्य लापरवाही के कारण आज अध किसी बात से पार्टनर का मूड अपसे हो सकता है तो इससे आपको बचना रहेगा आपसे ज्यादा देर तक की जो है स्नान करना होगा हमारे जो वृषभ राशि के जातक है इनके लिए शुभ रंग रहेगा व्हाइट कलर शुभ सफेद रंग शुभ अंक की यदि हम बात करें वृषभ राशि के जातकों को तो आपके लिए शुभ रंग जो रहेगा ये शुभ रंग रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा अंक दो हमारी जो अगली राशि आती आती है, ये आती है ये फिरने जाएंगे क्रय संबंधों के लिए आज अच्छा दिन है आज सामाजिक मान सम्मान और आपको ख्याति मिलेगी उच्चाधिकारियों से आज आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है इसके साथ साथ जो मेष राशि के हमारे जातक है मिथुन राशि के के जो मैं कहीं और चला गया था तो रहेंगे इनको आज भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा पिता के पक्ष से कुछ इनको पैसे की भी प्राप्त होती हुई दिख रही है कोई दोस्त आज आपको जो है मदद करता हुआ नजर आएगा करना क्या रहेगा अगली राशि आती है कर्क राशि लेकिन उससे पहले देखिए हम फोन अपना पहले ऑन कर लें क्यूँकी आप तमाम लोगों की शिकायतें बहुत ज्यादा रहती है और हर किसी के उम्मीद पर खड़े भी नहीं उतर सकते हैं तो इसके लिए हाथ जोड़ करके हम चुना चाहते हैं और प्रदीप त्यागी जी जुड़े हैं अनिल अरोड़ा जी जुड़े हैं दिनेश जी है, जी जी जुड़े हैं हैं राशि जुड़ी और है, है, और आरडी पंत अनिल अरो सभी लोगों को हमारा राम राम देखिए फोन कॉल आया ले लेते हैं हेलो हाँ जी Hello. नमस्ते जी हाँ जी पंकज बताइए बस बस बढ़िया आपसे पहले बात हो चुकी है जी पंकज जी बताइए कल उन्तीस से हो रहा है हमने एक वीडियो डाला हुआ है आप जाइए गुरु राशि परिवर्तन राशि जालिए उसमें बताए हैं हम कुछ मामलों के लिए कुछ मामलों के लिए देखिए अच्छा कुछ मामलों के लिए अच्छा नहीं है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक राम राम जी राम राम और दर्शकों आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के और वीडियो आप लोग देख सकते हैं हमने सभी राशियों के लिए वीडियो डाल दिया अप्रैल माह का हमने राशिफल भी डाला हुआ है कर्क राशि की ओर चलते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है सेहत आपकी अच्छी रहेगी घर में शांति तथा आनंद का वातावरण रहेगा आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको यश प्राप्त होता हुआ नजर आएगा आपका शरीर अच्छा रहेगा घर परिवार के, के साथ हर्षोल्लास से समय बीतेगा यदि आप बेरोजगार हैं तो आज आपको कोई नया रोजगार प्राप्त होता हुआ दिख रहा है इसके साथ कर्क राशि के जातकों के साथ आज धन लाभ होता हुआ दिख रहा है आप लोग सबसे पहले तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए दूसरा आपको करना ये रहेगा की ये तमाम लोग फोन कर रहे देखिए चला जा रहा है दूसरा आज एक उपाय हम आपको बता रहे हैं हनुमान अष्टक का पाठ यदि कोई कष्ट आपके जीवन में चल रहा है, है तो शुभ रंग की बात करें तो सफेद रंग आपका शुभ अंक साथ अच्छा, मिथुन राशि का हमने शुभ रंग नहीं बताया था तो उनके लिए तीन कलर अः लकी लग रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए और नंबर तीन उनका शुभ अंक है सिंह राशि चलिए चलते हैं कर्क राशि का हमने बता दिया है सिंह राशि के जातकों आज का दिन आनंद से बीतेगा आज आप अधिक कल्पनाशील रहेंगे साहित्य सृजन के तहत मौलिक रूप से आज आपके अंदर एक कवि जागेंगे प्रियतम के साथ हुई भेंट सुख फलदायी एवं परिणाम स्वरूप तो आज जो है अच्छी रहेगी मन कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों का प्रसन्न रहेगा संतान की प्रगति के समाचार मिलेंगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन देखिये बहुत अच्छा रहने वाला है और विद्यार्थियों को कोई नई जॉब मिलती हुई नजर आ रही है सिंह राशि को तो करना क्या रहेगा को सिंह को आज आप लोग अपने इष्ट देव सूर्यदेव के दर्शन करिए और हो सके तो शुक्र कवच का आप लोग पाठ करिए शुभ रंग की बात करें तो लाल रंग आपके लिए शुभ रंग रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक पाठ आपका शुभ अंक रहेगा कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य आज कुछ ठीक नहीं रहेगा जीवन साथी के साथ कुछ खटपट हो सकती है, बात हो सकता है। इस का अभाव के साथ माता के स्वास्थ्य की चिंता आज आपको सताती हुई नजर आएगी जमीन तथा मकान के दस्तावेजों को आज संभाल रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज स्त्री से कोई आपकी पत्नी से कोई विवाद हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो सकता है से भय बना रहेगा लोगों के हो इसका से है करना क्या कन्या आपको और आज आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि इलायची का अधिक से अधिक सेवन करिए और हो सके तो किसी महिला को आप लोग दूध का दान दीजिए फोन कॉल देते हैं उसके बाद तुला राशि पर चलते हैं हेलो हाँ राम राम जी तो मई जी बुधवार दिन था टाइम बताइए जी जी रसिया से बोल रहे हैं क्या जी जी बताइए अभी आप में शुक्र में राहु का अंतर चल रहा है एक साल तक रहेगा हमने आपको उपाय भी था, आप उपाय कर ही नहीं रहे हैं पूर्णिमा का का आप राहु केतु के मंत्रों करिए करिए और जी। जी। और प्राणायाम जी खुद से प्रयास करिए देखिए आप तो मंत्र है, ठीक है लेकिन खुद से भी कुछ आपको प्रयास करना होगा यार तो नहीं दो हजार 2020 में बन रहा है जी जी तुला राशि के ओर चलते हैं तो बंधुओं के साथ आज आपके संबंध अच्छे रहेंगे घर परिवार में कोई मांगलिक उत्सव का आयोजन होगा धार्मिक कार्यों से आप घूमने के लिए बाहर कर सकते हैं अचानक धन लाभ होने के योग है विदेशों से शुभ समाचार की प्राप्ति तुला राशि के जातकों के होगी नए कार्यों के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तुला राशि के जातकों को तो तुला राशि के जातको आज आप लोग नई झाड़ू खरीद करके लाइए और जो पुरानी झाड़ू है उससे रिप्लेस कर दीजिए और झाड़ू को खड़ा मत रखिएगा दूसरा हम आपको बता रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि आज तुलसी के नीचे देसी का आप है आपका सिक्स छह नंबर आपका शुभ अंक रहेगा हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि जात को आज आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा साधारण लाख का दिन है व्यर्थ के खर्च पर यदि आप रोक लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा परिवार में झड़े ना हो इसका आज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुटुंब तो के सदस्यों के बीच की गलतफहमी को दूर रखें शारीरिक परेशानी के साथ मन में ग्लानी रहेगी नकारात्मक मानसिकता न रखे अनैतिक प्रवृत्तियों से आज आपको दूर रहना है और आज आपकी संगति बहुत खराब होगी कुछ तो दोस्तों मित्रों के साथ कुछ बात होती हुई दिख रही बाह्य शुभ अंक की बात करें तो अंक आठ नंबर आठ आपका शुभ अंक रहेगा धनुराशि कैसा रहेगा धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज तो तथा स्वजनों से, तो तो से मिलने से मन में बड़ा आनंद रहेगा किसी रिश्तेदार के और मांगलिक प्रसंग में उपस्थित होने का आज आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है अवसर सक प्राप्त हो सकता है जो लोग विदेश से का का कर रहे हैं उनके उनके लिए बहुत बहुत अच्छा अच्छा आज आज समय रहने वाला है और जो हैं, उनके लिए भी आज दिन देखिए देखिए रहेगा तो क्या करना के को कि किसी विशेष कार्य पर यदि करना होगा तो एक चुटकी नमक लीजिएगा और उसको अपने घर के बाहर डाल दीजिएगा और चुपचाप चले जाइएगा आपका अच्छा सिद्ध होगा दूसरा आज हो सके तो भगवान विष्णु का मंत्र भगवते इसका पंचाक्षा रहेगा लेकिन जब आप तो आपके तो अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा अगली लक्ष्मी पर आगे बढ़े सबसे पहले देख के तमाम लोगों के फोन कॉल आ रहे थे और किसी कारण नहीं पा रहा था चलिए उठा देते हैं हलो हेलो हाँ जी राम राम हाँ जी बारह बारह दो हजार एक जी टाइम बताइए तो ये रात ग्यारह दिसंबर की रात में बारह बजे के बाद बुधवार बुधवार दिन लग गया था दिल्ली अच्छा। देखिए तैयारी की ठीक है लेकिन इनका पढ़ाई में मन कम लग रहा है इनको कंसंट्रेट कराइए जाएंगे तो हाई इंजीनियरिंग सेक्टर में ही जाएंगे पहली बात मंगलवार वाले दिन गाय को इनके हाथ से गुड़ जरूर खिलवाइए। राहुल और केतु के मंत्रों का यथा संभव जाप करवाइए और देखिए इनका गुरु बुद्ध भी अस्त है शुक्र भी है, भी अस्त अस्त है है शनि क्योंकि शुक्र अस्त हो गया ठीक रहेगा पैसा बहुत कमाएगा और इंजीनियरिंग फील्ड में ही ये ये ट्राई करें आगे चल करके ये बाहर भी जा सकते हैं में भी सेटल हो सकते हैं ठीक है थी? चीज चीज ये कराइएगा हाँ, इन्हीं के हाथ से किसी पंडितों से मत कराइएगा बीमार आपके बालक है और था हैं और दवा खाएंगे ये बताइए ये सब मृत्य जो चला आ है इसको अपने मन से आप ही लोगों के कारण आजकल पंडित लोग बहुत कमाते हैं पैसा ठीक है जी हाँ मंगलवार को गाय को गुड़ जरूर किसी भी टाइम आप खिलवा सकते हैं देखिए एक मिनट में हम बहुत कुछ नहीं बता सकते है दो मिनट से ज्यादा आपसे बात करते हो गया भविष्य इसका ठीक रहेगा हमने आपको गुड़ बताया मकर राशि के जातकों आज व्यवसायी खर्च सामान्य अधिक रहेगा रिश्तेदारों के तो तो साथ अनुभव हो सकती है यदि अधिक परिश्रम करते हैं तो आज आपको नो डाउट सफलता बहुत अच्छी प्राप्त होगी दर्शकों आप लोग देखिए लाइक करिए और बहुत कम लोग देख रहे हैं आप लोग इस वीडियो को और जो लोग नौकरी की तलाश में है उनको कोई नजर आएगी बचना रहेगा उपाय के तौर पर बड़े बुजुर्गो का आशीर्वाद मिले और आज आप लोग भगवान भोलेनाथ पर थोड़ा सा शहद जरूर चलाइए और शुभ कलर की बात करें तो ब्राउन कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक तो आपके लिए शुभ रहेगा राशि माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपकी राशि फल रहेगी तो धन संबंधी लाभ होता हुआ दिख रहा है सामाजिक क्षेत्र में आज आपकी ख्याति बढ़ेगी संतान के साथ आज आपका मेल मिल मिलाप बहुत अच्छा रहेगा इसके साथ दर्शकों आज अचानक से धन लाभ होगा और शेयर मार्केट में भी आज अच्छा आप लोग ललिता सहेस्त्र नाम का पाठ करिए बहुत अच्छी कृपा बनेगी आप लोग करके देखिएगा और हो सके तो आप लोग भगवान विष्णु की एक महिला का मंत्र का ओम नमो भगवान भगवते वासुदेवाय मंत्र है इसका जाप जरूर करिए शुभ कलर की बात करें तो नीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक आठ आपका शुभ रहेगा अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि आती है कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठी रहने वाला है बड़े बुजुर्गो से लाभ होगा मह लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी कु का वातावरण रहेगा लंबी दूरी की यात्राएं होंगी सरकार की ओर से लाभ होगा और आज आप दिन भर स्वस्थ रहेंगे तरोताजा रहेंगे रहेंगे कोई नई चीजें आप खरीदते हुए कोई नया परिधान खरीदते हुए मिल सकते हैं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो उपाय पर चलते हैं मीन राशि के जातकों को आप तुलसी घी के पौधे में आपको दूध जो है चढ़ाना रहेगा और एक गाय के घी का दीपक आपको वहीं पर चलाना रहेगा ये प्रयोग करिए दिन आपका अच्छा रहेगा शुभ कलर की बात करें तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस, चैनल को इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए कि हमारा ये राशि फल भारत में नहीं वर विश्व के कोने कोने में सब किसी के पास पहुंचना चाहिए और ये कार्य आप लोग कर सकते हैं जैसे आप लोग जो है सिंगल है दस लोगों को शेयर करेंगे अगले दस शेयर करेंगे तो इस तरीके से हम लोगों का ये परिवार है हम हमारी आवाज कई लोगों तक पहुंचेगी दर्शकों दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए